पूरी दुनिया के ज्यादातर मुल्क आपके साथ खड़े हैं ये मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त करिए तब तक बातचीत जारी रखिए और जो कुछ आप कर रहे हैं जिस तैयारी में आप लगे हैं पूरी दुनिया आपके साथ खड़े होने पे मजबूर हो गई है यह देश संविधान से भी अगर जैसा भी है उस पर शिकायत हो सकती है अब हम संविधान को भी नहीं मानेंगे क्योंकि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे ये तो भारत के संविधान में है तो ये बताए ना जो शाहीन बाग पर बैठे हैं कि ये तो इसी में लिखा है बहुत संविधान का ध्यान आ रहा है तो उसी संविधान में जनसंख्या नियंत्रण लिखा हुआ है तो सरकारें क्यों डर रही हैं अब तक की सरकारें डरी समझ में आता है आप तो वो निडर लोग हैं जो संविधान को ही अपना ग्रंथ मानते हैं आपने तो इस संसद में पहला जीवन का चुनाव जीत के संसद की सीढ़ियों पर जब आपने माथा टेका तो आपने कहा यह मंदिर है इसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए लेकिन उसी मंदिर के अंदर जो किताब है जिसे आप संविधान कहते हैं उसकी पवित्रता फिर कैसे भंग हो रही है अगर कुछ लोगों ने किया कुछ ऐसे लोग आए थे ना जिनका कोई मजहब था ना जिनका कोई धर्म था जो लुटेरे थे जिन्होंने भारत को बांट बांट कर राज्य किया आप इस मुद्दे पे नहीं आए हैं ना आपने वादा किया है आपने वादा किया है कि भारत वो भारत हजारों साल पुराना भारत और जब आप शब्द बोलते हैं तो आप ग्यारह हजार फीट की ऊंचाई पे पहुंच के भी आपको भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र याद है आपने भारत की सनातन संस्कृति का उल्लेख करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी विस्तारवादी ताकत को ललकारा इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपने हर उद्बोधन में कहता हूं दुनिया भारत को 1947 से नहीं जानती दुनिया भारत को हजारों साल पुराने उस ज्ञान से जानती है उस पुरुषार्थ से जानती है उन ऋषि मुनियों से जानती है कि जब साइंस नहीं थी तब ऋषि मुनियों को पता चल गया था कि पर्यावरण में भी सिर्फ एक ही मात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है इसको बचाना है तो उन्होंने उसके साथ आस्था जोड़ दी कि पीपल की पूजा करनी चाहिए पीपल की पूजा करना मात्र उसको प्रोटेक्ट करना था लोगों को समझाना मुश्किल था कि यह साइंस है साइंस के शब्द इस्तेमाल नहीं किया तो उन्होंने कहा उन्होंने तुलसी को भी माना क्योंकि तुलसी भी एक साइंटिफिक पौधा है आज हमें पता चल रहा है हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता चल गया था तो आप तो आज उसी परंपरा से आए हैं इसलिए ग्यारह हजार फिट की ऊंचाई पर खड़े होकर के जब आप सुदर्शन चक्र की बात करते हैं तो तीन दिन के बाद सुदर्शन चक्र का जिक्र करने से टेबल पर आके बैठ जाता है बात करने लगता है लेकिन यह वो दुश्मन है कि मौके की नजाकत समझ करके उसने पैर पीछे खींचे हैं यह वो सभ्यता के लोग हैं जो एक हजार साल की प्लानिंग करते हैं लिहाजा पूरी दुनिया के ज्यादातर मुल्क आपके साथ खड़े हैं ये मुद्दा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 ये जो रात की महफिलों में इस देश को तोड़ने की ताकतें मजबूत करते हैं जो कॉलेज में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाला इंशाला कहना चाहते हैं जो जिन्ना वाली आजादी मांगते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नारे लगाते हैं कि हिंदुओं की खबर खुदेगी की यू में ए एमयू में जो जादवपुर में है जो हैदराबाद में है जो आसाम में है जो दिल्ली में है ऐसी ताकतों को बेनकाब करिए शारीरिक तौर पर ताकतवरिए ताकतवर बनिए और मानसिक रूप से प्रतिकार करने की क्षमता दिखाइए दुनिया में हजारों लोग आए हैं हजारों चले जाएंगे जाने के बाद उन्हीं को याद रखा जाता है जो कुछ करके जाते हैं अपना नाम बड़ी गाड़ी खरीदने बहुत बड़ा व्यापार करने में करोड़ों लोग हैं किसी बिजनेसमैन का नाम आपको नहीं याद है किसी बहुत बड़े चीफ जस्टिस का नाम आपको नहीं याद रहेगा लोग इसको याद रखते हैं कि एक हजार साल के बाद एक पराक्रमी राजा आया था उसके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण था उसने राज सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्र को मजबूत करने में लगाया क्योंकि इस देश में सत्तर सालों से राज का इस्तेमाल राष्ट्र को कमजोर करने में लगाया जा रहा था उसे तोड़ने में लगाया जा पूरी ईमानदारी के साथ इन कामों को करिए सबको जन जन तक बात को पहुंचाइए और कोई आपसे यह सवाल करे कि भाई ये सब बातें आप कर रहे हैं लेकिन ये कहा लिखा है तो मैंने कोई काम ऐसा नहीं चीज बताई है जो आपके पास लिखित में ना हो इसलिए एक नहीं कई किताबें हैं आप कश्मीर के सिलसिले में किताब पढ़िए कश्मीर 1947, फोर्टी सेवन द रिवाइबल वर्जन ऑफ हिस्ट्री प्रेम शंकर झा की किताब है इसी तरीके से एक छोटी सी किताब है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ये एनी बेसेंट ने लिखी है एनी बेसेंट 1920 में आ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की शायद अध्यक्ष रही हैं और वो अपनी किताब में ये बात कहती हैं कि जिस वक्त होम रूल की बात चल रही थी उस वक्त अंग्रेज छोटी ताकतों से दलितों से पिछड़ों से गरीबों से ये कहते थे कि आप होम रूल की डिमांड मत कीजिए अगर होम रूल आ जाएगा तो ये ब्राह्मण आपके ऊपर राज करेगा एनी बेसेंट में ये सच बात कहने की हिम्मत थी उन्होंने ये सच बात कही है और ये किताबें ऐसे लोगों ने लिखी हैं जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है इसमें बहुत सारे लोग लोहिया का नाम बहुत लेते हैं लोहिया के नाम पे सरकारों पे काबिज हो जाते हैं ये बात अलग है कि वो भी चंबल से आए हैं लेकिन फिर भी लोहिया का नाम लेकर के कैसे राज सत्ता पे बैठते हैं कैसे उन्होंने इस देश में एक आदमी जो भारत माता को डाइन कहता है जो शियाओं के कत्ल को वाजिब समझता है सिर्फ एक एमएलए जो रामपुर का था जिसका पूरा परिवार इस समय जेड़ में सड़ जेल में सड़ रहा है जिसने गरीबों की नाजायज तरीके से गुंडागर्दी से ज़मीनें ले लेकर के एक प्राइवेट लिमिटेड टाइप की यूनिवर्सिटी बनाई और उसने अपने आप को सरसैयद बनने की कोशिश की लेकिन उसकी पिटाई रामपुर में उन्नीस में इतनी की गई थी क्योंकि उसने देश की सेनाएं जब सीमा पे जा रही थीं तो सड़कें खोदी थीं उन ट्रक्स में जिसमें साजो सामान जा रहा था उस गद्दार ने तब उनके ऊपर पत्थर फेंके थे उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्योंकि उस वक्त आई भी नहीं थी उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सहाय ने उसको बुरी तरह पीटा था और दिल्ली से ऑर्डर हुआ था उसको गोली मारने का सहाय ने कहा तू जवान लड़का है शहर छोड़ दे रातों रात भाग करके वो अलीगढ़ मुस्टी में आया और फिर उसने अलीगढ़ मुस्टी उस में जहर फैलाया और फिर मुलायम सिंह के साथ राजनीति की और समय समय पे ये कहा कि कारगिल का युद्ध तो सिर्फ मुसलमानों ने लड़ा था उस खबीस ने उस हरामुदहर ने उस मरदूत ने फौज के अंदर भी बांटने की कोशिश की लेकिन उसी ने कहा कि भारत माता डाइन है वो चंबल से आने वाले लोगों ने जो सत्ता में बैठे थे ऐसे लोगों को प्रमोट किया इसलिए राम मनोहर लोहिया का नाम लेने वालों से पूछिएगा कि किताब का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया'स पार्टीशन ये राम मनोहर लोहिया ने लिखी है धज्जियां उड़ाती हैं उस मक्कार जिसका नाम इस देश में कोई लेता नहीं है और उसको बड़े महान अंदाज में बताया जाता है ओ हो, हो हो हो कि उस मक्कार का नाम कोई ले ले भारत का पहला शिक्षा मंत्री जिसका नाम था सैयद गुलाम मुइनुद्दीन अहमद बुन बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आप सोचिए सरा कैसे कैसे मक्कार इस देश में लिए उसी इदारे से आया था जिससे मैं आया